साधनों ज्ञानों क्या सब है जिंदगी मेरे, भी, भी, मेरे है थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास कहीं रह जा